आपको ये समझने की जरूरत है भारत में साल में तीन सौ पैसठ त्यौहार होते हैं हाँ, आज आर्थिक स्थिति ऐसी है और हमने अपने काम और दूसरी चीजों को ऐसे व्यवस्थित किया है कि कई त्यौहार खत्म हो चुके हैं अब भी लगभग 30 से पैंसठ त्यौहार मनाए जाते हैं शायद इससे भी ज्यादा अलग अलग लोग लगभग 50 से साठ त्यौहार मना रहे हैं लेकिन ये संख्या भी घट रही है लगभग पांच या छह त्यौहार बड़े पैमाने पर मनाए जा रहे हैं तो उनमें से कुछ सामाजिक हैं, उनमें से कुछ धार्मिक हो सकते हैं बहुत कम धार्मिक हैं बाकी सभी कैलेंडर से जुड़े हैं लगभग हर भारतीय त्यौहार कैलेंडर से जुड़ा है यानी सौर मंडल में जो हो रहा है उससे जुड़ा है हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो बाकी सौर की उस दिन की स्थिति के हिसाब से ठीक हो यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप जैसे मेरा शरीर कहते हैं यानी जो मानव सिस्टम है वो इसी धरती से निकला है ज्यादातर लोग इसे तब तक नहीं समझते जब तक आप उन्हें दफन नहीं करते उन्हें लगता है कि वे कहीं और से आए हैं नहीं ये शरीर इसे बनाने के लिए सौर प्रणाली कुम्हार के चाक की तरह काम कर रही है तो सौर में होने वाली हर चीज किसी न किसी तरह से आपके साथ भी होती है तो सौर मंडल में जो कुछ होता है उसे बहुत ही ध्यान से समझा गया है उसी हिसाब से हमने खास तरह के उत्सव तैयार किए थे और हम वो खास चीजें करते हैं तो महाशिवरात्रि की रात मैं इसे कम शब्दों में कहूँगा क्योंकि जो आपने पूछा है वो बहुत बड़ा विषय है वो दिन जो हर साल उसी दिन नहीं आता मॉडर्न कैलेंडर में इसकी एक ही तारीख नहीं होती स्वाभाविक रूप से क्योंकि धरती इस तरह से नहीं घूम रही यह एक खास तरीके से घूम रही है और धरती थोड़ी झुकी हुई है आप जानते हैं धरती किस तरह झुकी है? हेलो? होना सटीकता के में नहीं। मैं के में की घूम रही है यह इस तरह घूम रही है इसकी धूरी झुकी हुई है तो धूरी हमेशा घूमती रहती है दूरी के घूमने के कारण धरती पर एक तरह की स्थिति बनती है तो उस दिन विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में या सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर उठती है वो स्वाभाविक रूप से ऊपर उठती है ये ऊर्जा वगैरह में मैं विश्वास नहीं करता आप विश्वास मत कीजिए बस जाकर समुद्र तट पर बैठिए क्या पूर्णिमा की रात में समुद्र को ऊपर उठता देखते हैलो तो अमावस्या के दिन पूर्णिमा के दिन क्या आप देखते है की समुद्र ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है वैसे आपके शरीर का दो तिहाई हिस्सा भी पानी है आपको ऐसा क्यों लगता है कि शरीर के अंदर का पानी ऊपर नहीं उठेगा शरीर के सभी तरल पदार्थ ऊपर उठते हैं तो आप यह चीज हर जगह से देख सकते हैं अगर आप क्या आप किसी मानसिक संस्थान में कभी गए हैं नहीं आप वहां शायद बस एक बार के लिए गए हूँ आप पूर्णिमा और अमावस्या के दिन देखेंगे कि लोग खास ध्यान रखते हैं क्योंकि जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वे ज्यादा परेशान हो जाते हैं लोग सोचते हैं कि चांद पागलपन पैदा करता है इसीलिए लूनर और लूनी वगैरह शब्द मौजूद हैं। चांद पागलपन पैदा नहीं करता वह पागल है तो यह आपको पागल बना देता है आप थोड़े प्रेममय हैं, तो यह आपको ज्यादा प्रेममय बना देता है आप थोड़े ध्यानमय है यह आपको ज्यादा ध्यानमय बना देता है आपका जो भी गुण है वह बढ़ जाता है क्योंकि यह सिस्टम में एक तरह का उफान है इस खास दिन जो दिसंबर दिसंबर की की संक्रांति संक्रांति के बाद आता है, 22 दिसंबर सर्दियों की होती है। 22 सर्दियों होती उसके बाद ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि उस विशेष रात को ऊर्जा जबरदस्त तरीके से स्वाभाविक रूप से ऊपर उठती है night, down, उस रात को अगर आप लेटे रहते हैं तो जब ऊर्जाएं इस तरह से बढ़ने की कोशिश कर रही होती हैं, तो आप उन्हें एक तरह से रोकते हैं बात सिर्फ यह नहीं है कि आप फायदे को खो देंगे, आप खुद को बहुत संवेदनशील तरीके से नुकसान भी पहुंचा सकते हैं ये सब चीजें आपके लिए तभी मायने रखती हैं। जब आप एक संपूर्ण इंसान होना चाहते हैं जब मैं एक संपूर्ण इंसान कहता हूँ तो आप चाहते हैं कि इंसान में जो भी क्षमता उजागर की जा सकती है उसे आप उजागर करना चाहते हैं अगर आप उस तरह के नहीं हैं कि आप शाम को नशा करके सो जाते हैं तो जो क्षमता मौजूद है आप उसे भी मार देना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है लेकिन अगर आप एक सम्पूर्ण मानव होना चाहते है आप चाहते हैं की आपके साथ हर चीज पूरे पैमाने पर हो तो आप सिस्टम में होने वाले सारे छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान देते हैं और उनकी परवाह करते हैं तो आप सीधे बैठना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपकी रीढ़ उस रात सीधी खड़ी रहे जब ऊर्जाएं ऊपर बढ़ रही हों तो आप उन्हें और ऊपर जाने में मदद करना चाहते हैं न कि ऐसे इसलिए हमने जागरण का तरीका बनाया है इसका मतलब है सतर्क रहना और सीधा रहना हर एक जीव अपने भीतर ऊर्जा को ऊपर की ओर बढ़ते हुए महसूस करता है इस ऊपर उठती हुई ऊर्जा का केवल वो ही प्राणी सही से उपयोग कर सकते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है मानव होने का हमारा सौभाग्य है कि केवल हम ही एक ऐसी प्रजाति हैं, जिसकी रीढ़ विकसित होकर सीधी हो गई है अगर आप दूसरी प्रजातियों के विकास की प्रक्रिया को देखें तो आप पाएंगे कि बिना रीढ़ वाले से रीढ़ वाले की तरफ बढ़ना एक महत्वपूर्ण कदम था और विकास प्रक्रिया में दूसरा महत्वपूर्ण कदम था रीढ़ का आड़ी अवस्था से खड़ी अवस्था में आना मस्तिष्क वास्तव में तभी विकसित हुआ जब रीढ़ सीधी हुई जैसे कि महाशिवरात्रि की रात में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है रात भर रीढ़ को सीधी रखने से जबरदस्त लाभ होता है यह उनके लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो खासकर आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। पर ये उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक स्थितियों में हैं, और साथ ही दुनिया में उन लोगों के लिए भी जो महत्वाकांक्षी है आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए योगियों के लिए ये वो दिन है जब शिव अपने भीतर की सभी हलचलों के परे चले गए और पूरी तरह से स्थिर हो गए इसी दिन उनकी तीसरी आंख खुल गई और उनका बोध खेल उठा हम ये कह रहे हैं कि ये दो आंखें सिर्फ इंद्रियां हैं ये आपको आपके आसपास के भौतिक पक्षों को ही दिखा सकती हैं लेकिन अगर आप इन भौतिक पक्षों का आधार देखना चाहते हैं अगर आप उन सूक्ष्म आयामों को देखना चाहते हैं जो प्रकृति की भौतिकता से परे हैं, अगर आप उसे जानना चाहते हैं तो आपको बोध के एक अलग आयाम की जरूरत है बोध का वो आयाम जो भौतिक से परे है उसे तीसरी आंख कहते हैं तो ये वो दिन है जो आपके तीसरी आंख खोलने या आपके भीतर बोध के गहरे आयाम को उजागर करने की यात्रा को सहज बनाता है